तो गाइस लिए मैं नया वीडियो लाया हूं जो कि है वो टूस के बारे में है मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कि टूस कैसे तैयार होता है और कैसे खाना खा जाता है आप चलते हैं हम देखेंगे टूस के बारे में आप लोग देख सकते हो ये वाला कैसा पैकिंग कर रहा है ये अभी देखो ये कैसा कर रहा है ये देखो जीप से कैसा चाट रहा है देखो जो जो टूस खाता है इसमें कमेंट करो देखो पैर में देखो पैर कैसा दे रहा है ये फिर देखो कैसे कर रहा है और देखो ये पैकिंग कर रहा है ये वाला देखो कैसे टूस पैकिंग कर रहा है भाई जिसको टूस आना है कमेंट करो